हेलो एवरीवन गाइस सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि यूट्यूब पे चैनल बनाना कितना आसान है मैं आपको लेके चलूंगा मोबाइल की स्क्रीन पर जहाँ आप भी बना सकते हैं यूट्यूब का चैनल बड़े ही आसान तरीके से वो भी अपने मोबाइल से तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं चलिए गाय सबसे पहले हम लोग खोलेंगे यूट्यूब देखिए यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये दिखेगा अब आपको यहाँ पर दिखा दूँ जैसे कि कोई भी मेरा यहाँ पर जैसे मेरा नाम का एक डमिया अकाउंट बना हुआ है शशि के नाम से अब इसमें मेरे को अकाउंट चैनल को क्रिएट करना है तो मेरा जीमेल अकाउंट बना हुआ है ठीक है ये देखिए मेरे ये जीमेल अकाउंट्स बने हुए हैं ये मेरा डमी है ये मेरा ओरिजिनल चैनल है शशि द एंटरटेनर अब मैं चलूंगा इसमें शशि जेडी के नाम से इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखूँगा चैनल को मेरे को बनाना है यहाँ जाऊँगा ये चैनल आ गया इसमें क्लिक करूँगा इसमें क्लिक करके मेरे को यहाँ पर चैनल का नाम देना है आज चैनल का नाम देने के लिए मेरे को ये देखिए यहाँ पर आ गया क्लिक करिए अब यहाँ पर मेरे को चैनल का नाम देना है यहाँ पर क्लिक करूंगा यहां से हटाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्रिएटर मैं कोई भी नाम दे दूंगा यहाँ पर जैसे क्रिएटर वीडियो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप मैंने दस दमी के लिए लिए दिया क्रिएटर वीडियो उसको ओके कर दिया ये नाम चेंज हो गया या नाम हो गया आपका चैनल का नाम और ये देखिए यहाँ पर आपका क्रिएटर वीडियो के नाम से रेडी है तो इसी तरह से आप अपना चैनल का नाम चैनल बना सकते हैं इट्स वेरी इजी चैनल का नाम बनाना ठीक है गाइस हाँ तो गाइस आपने देखा कितना आसान है आप भी बनाइए इसी प्रोसेस से अपने यूट्यूब चैनल को और आप भी बन जाइए यूट्यूब के क्रिएटर इसी तरह से मैं भी बना हूँ सब भी बने हैं और प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा चैनल पे पहली बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर, कर सकते हैं यहाँ आप, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह की वीडियो आप मेरे समझाना चाहते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा की हर तरह की वीडियो से मैं आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है शशिदेनर एंटरटेनमेंट का खर्जा